जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल मैथ सोल्वर ट्रिक पर तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास सिक्स के पीटी और मेंस का सिलेबस के बारे में यहां पर हम लोग सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको करना क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है लाइक करना है इसके बाद आपको शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास सिक्स का इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका 6 अक्टूबर तक है तो जाइए जल्दी जो भी क्लास सिक्स के बच्चे हैं वो आप जाकर इसे अप्लाई कर सकते हो आपको ये भी पता होगा कि इसमें साठ बॉयज़ और साठ गर्ल्स का ही सिलेक्शन किया जाता है लास्ट में और इसमें तीन तरह का एग्ज़ाम होता है पी टी मेंस और एक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन और उसके बाद आपका मेडिकल का भी एग्ज़ाम होता है तो फिलहाल चलिए हम लोग सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस के बारे में इसका डिस्कस कर लेते हैं तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो स्किप करके मत देखिएगा ठीक है तो बढ़ते हैं आगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसकी ऑफिशियल सिलेबस क्या है तो देखिए यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ठीक है इसके मेन वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो जैसा कि आप जानते हो कि इसको अगर से विद्यालय के छठी कक्षा में आपको नामांकन लेना है तो आपको 1 अप्रैल दो तक न्यूनतम दस वर्ष और अधिकतम बारह वर्ष होना चाहिए ठीक है और अभी बिहार राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा पाँचवीं में अध्ययन अध्ययनरत होना चाहिए ठीक है तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ अब यहाँ पर आपको बढ़ना है इसके सिलेबस के बारे में तो सिलेबस के बारे में ध्यान दीजिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके पी के बारे में ठीक है जो प्रारंभिक है प्रारंभिक एग्ज़ाम है तो प्रारंभिक एग्ज़ाम यानी पी में क्या क्या सिलेबस रहना चाहिए तो पेपर वन और पेपर टू का है देखिए पहले हिंदी आपका इसमें दिया है तो हिंदी आपका है इसमें तीस नंबर का हिंदी है विज्ञान का अगर देख लें साइंस का तो साइंस पच्चीस नंबर का है उसी तरह से सामाजिक विज्ञान का देखें तो सामाजिक विज्ञान का 25 नंबर का क्वेश्चन से इससे आता है गणित यानी मैथ का आपका है 40 नंबर का और अंग्रेजी जो है अंग्रेजी 30 नंबर का है यानी टोटल मिलाकर अगर देखो तो टोटल 150 नंबर का है दोनों पेपर ठीक है तो ये इसका प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का इतना हो गया अब अगर पी की अगर बात कर लेते हैं ये पी तो हो गया इसके बाद मेन्स की बात कर लेते हैं तो मेन्स के बारे में भी आपका ये आपका दो दो चीज़ दिया हुआ है एक आपका पेपर वन और पेपर टू तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका मैथ अगर देखें तो मैथ सौ नंबर का होता है और बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग जो होता है पचास नंबर का रीजनिंग होता है मतलब पेपर वन को अगर हम पूरा मिला दें तो ये डेढ़ सौ नंबर का ये हो जाता है उसके बाद आपका हिंदी चालीस नंबर का है अंग्रेजी भी चालीस नंबर का विज्ञान 40 नंबर का और एस एस जो सामाजिक विज्ञान जो है वो आपका 30 नंबर का यानी पेपर टू भी आपका 150 नंबर का यानी टोटल 150 150 मिलकर कितना हो गया 300 तो पेपर जो आपका मेंस जो होता है वो 300 नंबर का होता है पीटी आपका 150 नंबर का और मेंस आपका 300 नंबर का होता है ठीक है अब हम इसके जो मेन जो सिलेबस जो है सब्जेक्ट सिलेबस क्या होता है मैथ में क्या क्या पढ़ना है ठीक है इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है तो सारे चीज़ को मैं आगे डिस्क, डिस्कस करता हूं तो वीडियो पर बने रहिएगा तो फ्रेंड्स पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का तो मैथमेटिक्स का क्या रहने वाला है तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाया गया नेचुरल नंबर है ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए नेचुरल नंबर का पोर्संस है उसके बाद एल सी है फिर आपका एक एक नियम मतलब यूनिट्री मेथड ठीक है मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ आगे आप देख सकते फोर नंबर फ्रैक्शंस यानी भिन्न के बारे में पढ़ना है उसके बाद आपका अनुपात एंड प्रोपोर्शन मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन है अनुपात के बारे में अनुपात और समानुपात फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है सिंप्लीफिकेशन एवरेज परसेंटेज एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है उसके बाद लाइन्स एंड एंगल्स टेम्परेचर और इधर देख लीजिए इस साइड में आपका क्या है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स रोमन न्यूमरल्स टाइप्स ऑफ एंगल्स सर्कल से क्वेश्चन है उसके बाद वॉल्यूम एंड क्यूब एंड क्यू वाइड से भी क्वेश्चन है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर प्लेन फिगर डेसिमल नंबर स्पीड एंड टाइम ऑपरेशंस ऑन नंबर उसके बाद आपका कम एंड सप्लीमेंट्री एंगल ये आपका जोमेट्री का ही पोर्सन है अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन ठीक है तो ये टोटल पच्चीस चैप्टर इसमें पढ़ना है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं मैं आगे आपको दिखाता हूँ देखिए ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है तो इंग्लिश के पोर्शन में आप साफ साफ देख रहे हैं एक पैसेज भी रहता है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज फिर आपका प्रीपोजिशन <coughs> आर्टिकल्स वो कोबुलरी में आपका इसमें आपका एंटोसाइनो भी मिला हुआ रहता है उसके बाद वर्व है वर्व के टाइप से कन्फ्यूजिंग वर्ड है क्वेश्चन टैग उसके बाद आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ सेंटेंस से भी क्वेश्चन है स्पेलिंग है ऑर्डरिंग ऑफ और वर्ड्स इन सेंटेंस आपको सेंटेंस को आपको इसमें सर जाने के लिए कहेगा ऑर्डरिंग करने के लिए कहेगा और इधर आप देख सकते हो सेंटेंस फॉर्मेशन एंटोनियम साइनोनियम सीनोनिम्स एडजेक्टिवस है इंटरजेक्शन है एडीएम सैंड फ्रेजेस है और कलेक्टिव भी क्वेश्चन है और नंबर है जेंडर है उसके बाद एडवर्ब्स है राइमिंग वर्ड्स है और लास्ट में आपका सिंगलर और पुलरल है तो हो फ्रेंड्स ये चीजें आपको दिख रही होगी तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे हिंदी का पोर्सन है तो देखिए हिंदी के पोर्सन्स में कुछ टाइप करने में मिस्टेक है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसे देखिए आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हिंदी के पोर्संस में ग ध्यान से आपको पूछेगा ठीक है और एक चीज़ और समझ लीजिए अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो आठ भेद होता है तो इसमें आठों भेदों से क्वेश्चन होता है मतलब आपका संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण प्रीपोजिशन है कंजक्शन है इंटरजक्शन है ये जितना भी आठ पोर्शन है ये आठों पोर्शन से क्वेश्चन होता है और ख़ास कर आपका प्रीपोजिशन तक ज़्यादा होता है ठीक है तो आप नाउन से लेकर प्रीपोजिशन तक क्लियर कर लोगे ठीक है तो ये इसमें लिखा हुआ मैं ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ ठीक है अगर आप आगे देखो तो एक चीज और ख्याल रखिएगा जितना भी आपका मुहावरे और मैं आपको बताता हूँ ठीक है ध्यान दीजिएगा ठीक है विलोम शब्द इसके अलावा विलोम शब्द आपका है ठीक है पर्यावाची शब्द भी पूछता है ठीक है मुहावरे ठीक है मुहावरे एवं लोकोकतियाँ मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का भी पोर्सन इससे पूछा जाता है और एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें संधि और समास भी पूछा जाता है ठीक है एक संधि और समास से भी क्वेश्चन होता है संधि और समास ठीक है तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसके अलावा कोई चार ऑप्शन दिया रहेगा और अशुद्ध शब्द आपको ढूंढने के लिए कहेगा या शुद्ध शब्द भी आपको ढूंढने के लिए कह सकता है तब तो वो भी इसमें होता है इसके अलावा श्रुति समविनार्थक शब्द भी होता है दो शब्द लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब पूछेगा कि इन दोनों का मतलब क्या है ठीक है तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ठीक है आप यहाँ पर काल भी पढ़ लीजिएगा टेंस के बारे में काल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है और इसके बाद गध्यांश वगैरह पैसेस वगैरह इसमें होता है तो इसमें बस इतना ही है इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है और इसके अलावा एक दो चैप्टर और है वाक विचार शब्द विचार ये पढ़ कर जाइएगा वाक विचार और शब्द विचार ठीक है तो यही आपका हिंदी के पोर्शन इतना है तो अब आगे बढ़ते हैं अच्छा एक प्रत्यय भी जोड़ लीजिएगा उपसर्ग प्रत्यय का भी पोर्सन से चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए दोनों पोर्सन्स मिला हुआ है जनरल नॉलेज का ठीक है साइंस और एस दोनों मिला हुआ है तो आप देख सकते हो ये इंग्लिश में थोड़ा सा लिखा हुआ है ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइस मतलब आविष्कार और आविष्कार और आविष्कारक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है आप देख सकते हो चैप्टर का नाम आप देख देख सकते हो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं फ्रेंड्स इसी कारण से मैं नाम नहीं ले रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ आप स्क्रीन ले सकते हो ठीक है तो एक बार देख लीजिए आप स्क्रीन ले लीजिएगा ठीक है ये फाइव नंबर सिक्स नंबर देख लीजिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स अभी क्वेश्चंस होता है ठीक है देख लीजिए यहाँ पर एट नंबर नाइन नंबर इसमें दोनों चैप्टर आपका मिला हुआ है दोनों सब्जेक्ट का मिक्स है अब इस साइड में आइए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आज स्क्रीन शॉट लेकर आप अपने एग्ज़ाम का फिर आगे तैयारी बढ़ाइए कंसेप्ट ऑफ माउंटेन्स एंड टेरियन एंड लाइफस्टाइल इस साइंस है हिस्टोरिकल मोनूमेंट से भी क्वेश्चन होता है शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन है रिन्यूएबल इनर्जी है ठीक है तो ये लास्ट ही आपका सब्जेक्ट है लास्ट है तो टोटल इसमें अगर देखें तो अट्ठाईस चैप्टर है ठीक है तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा ठीक है आप बगल में बेलाइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी जूनियर कॉम्पटिशन के एग्ज़ाम होते हैं नवोदय सिम उलतला ठीक है वो सारे उनका नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ठीक है तो तब तक के लिए जय हिंद जय